तो सौंप दिया इस जी मन का सब भाई तुम्हारे हाथों में उधार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों जब सौंपे दिया इस जी का सब भारे तुम्हारे यहां जीत तुम्हारे हाथों तो में और हार हमारे हाथों तो में अब सो पिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों तो में चे बस एक कहीं है एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं मेरा चे बस एक कहीं है एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुम्हें पार जाऊ मैं अरेपन कर दूं दुनिया भर का अरेपन कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हार हाथों सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे यहा मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूँ मैं जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ जल में कमल का फूल रहे जल में कमल का फूल रहे मेरे सवे गुण दो समर्पित हो मेरे सवे गुण से समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंपे दिया इस मान्य का सब भार तुम्हारे हाथों जब जाबी संसार का कैदी बनू जब जाबी संसार का कैदी बनू निष् काम भाव से कर्म करू निष काम भाव से कर्म करूँ फिर अंत समय में प्राण तजू फिर अंत समय में प्राण तजू निरंकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जी मंग का सब भार मुझ में तुझ में बच भेद यही मुझ में तुझ में बच भेद यही हमें नर हैं तुम नारायण हो हमें नर है तुम्हें नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब चौंपे दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में उधार पतन अब मेरा है बुधार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौ भेज दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में को कभी न भजते फिर भी तू हमें कभी न भेत हमें तुम्हें को कभी न भजते फिर भी तू हमें कभी नजते अपकार हमारे हाथ तुम्हें अपकार हमार रे हाथ उपकार तुम्हारे हाथों में अब सौ पे दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में वैसों पे दिया इसे जीवन का सम्य भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार हमारे यहाँ